इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पबजी लाइट में रोजाना पांच यूसी बी फ्री पाएं। चलिए शुरू करते हैं देखो यार बहुत सिंपल है गेम की लॉबी में आकर नीचे राइट काना पर मिशन होगा उस पर क्लिक करना है फिर उसके बाद यहाँ क्लिक करें और पूरा नोटिस वीडियो देखें जब वीडियो समाप्त हो जाए तो इसे यहाँ क्लिक करके बंद करें ऐसे ही उन वीडियो को तीन चार बार देखें फिर कलेक्ट का ऑप्शन दिखेगा कलेक्ट पर क्लिक करने के बाद आप अपने PUBG Lite अकाउंट में मुफ्त पांच बी सी प्राप्त करेंगे